मैं पाँच घंटे सोता हूँ और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ लेकिन पाँच घंटे सोता हूँ like अगर आपको सक्सेसफुल बनना है कामयाब बनना है तो ये दो चार चीज़ें हैं जो आपको नहीं करें एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज खाने में परेशान हो जाए खाना खाना है सोना है आराम करना है यू हैव टू बी और मैं सच बोल रहा हूँ ये तो जो जो बातें फाइव स्टार होटल के सिपा में आपको सिखाई जाती है टी टो टी टो। टी टो। Close your eyes और ये सब जो अच्छी लिविंग हेल्दी लिविंग गुड लिविंग ये सब को त्यागना पड़ेगा देर इज़ नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग गुड लिविंग स्लीप फूड आराम रिलैक्सीशन आँखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के घीरा वीरा इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल है. आपको परेशान रहना है टेंस रहना है ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा सोना नहीं चाहिए खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैं तो कहता हूँ मैं फाइव में जो फर्स्ट आजकल घूमता हूँ रही मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट uh, क्लास में ट्रैवल करता हूँ so, आपको कोई और, कोई और बात बता दें मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ जो तो जवान लोग हैं यहाँ पे कि सोना आराम आराम हराम है कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की खाने पीने की दूसरी बात अगर आपको सेक्रीफाइस नहीं करना था तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके जैसे मैं बहुत लेजी हूं आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स बी विद माय चिल्ड्रन आई डोंक आई टू राइट पोएम्स बट आई स्लीप ओनली फॉर फोर फाइव आवर्स और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ सिक्स पैक बनाना है तो वर्क भी करता हूँ आई हेट इट बट आई सेक्रीफाइस इट ऑल थर्ड आपको दुख पहुंचेगा दर्द पहुंचेगा पेन पहुंचेगा पेन चला जाएगा सक्सेस इंतजार नहीं करेगा तो दर्द होता रहे बुखार होता रहे जुकाम होता रहे परेशान होते रहे आपको सब कुछ करना पड़ेगा तो ये सब बातें बेकार हैं और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो जिंदगी जो है इज़ बियॉन्ड वर्क एंड ऑल इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल आई फील एन एंड एनवियस ऑफ़ पीपल हु रिलैक्स एंड रेस्ट आई फील जेलेस ऑफ पीपल हु डोंट वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल बिकॉज सक्सेस विल नॉट कम अनलेस यू आर कम्प्लीटली रेस्टलेस यू है